गोल्डन वर्थ बाई सा गुरुजी दूर बैठा जो मेरे नहीं पहुंच सक रहा है वो मेरी फ़ोटो नाल गल करे मैं सुनना हाँ गुरुजी कहते हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास रबड़े मंदिर में नहीं पहुंच सकता वो मेरी फ़ोटो से बात करे मैं सबकी बात सुनता हूँ और शुक्राना करते रहो जय गुरुजी